गाइस कल मेरे को एक इंश्योरेंस कंपनी से फ़ोन आया कि आप अभी चार रुपया पर महीने के हिसाब से अगर 50 साल तक ऐसे ही भरते रहोगे तो आपको 50 साल के बाद पूरे एक करोड़ रुपया दे दिया जाएगा उसके बाद मैंने भी बोला कि मुझे अभी एक करोड़ रुपया दे दो उसके बाद मैं आपको हर महीना चार रुपया देता रहूँगा सालों ने फोन ही काट दिया पता नहीं क्यों